खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगर शान सिंगर नीति मोहन और ड्रमिस्ट शिवमणि और खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया के साथ पौधारोपण किया मुख्यमंत्री ने यूथ गेम्स में अपनी प्रस्तुति देने आए इन कलाकारों का स्वागत किया कलाकारों ने भी यूथ गेम्स में परफॉर्म करने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज मध्य प्रदेश की धरती से होने जा रहा है इस प्रतियोगिता के सत्ताईस खेलों में नौ शहर से छह से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगर शान नीति मोहन ड्रमिस्ट शिवमड़ी और खेल मंत्री यशोदा राजे सिंधिया के साथ पौधारोपण किया पौधारोपण के दौरान देश के सुप्रसिद्ध सिंगर नीति मोहन ने मेरे देश की धरती सोना उगले गाना गाया वहीं ड्रमिस्ट शिवमड़ी ने वाटरिंग कैन से ही ड्रम बजाया पौधारोपण के बाद सीएम ने कहा की खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और इस उद्घाटन समारोह को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए सिंगर शान सिंगर नीति और का मैं आभार व्यक्त करता हूं। चौहान ने कहा उन्होंने मेरे साथ पर्यावरण का संदेश देने के लिए प्लांटेशन किया है सीएम ने आगे कहा कि तेरह दिन नौ शहर सत्ताईस खेल छह से ज्यादा खिलाड़ी मध्य प्रदेश में होंगे आज मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हिंदुस्तान का दिल धड़का देंगे इस अवसर पर पधारने के लिए संगीत की दुनिया से जुड़े हुए ये गायक जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कला से भारत का नाम रोशन किया है मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ और जो उद्घाटन समारोह है आज उसमें उसको यादगार बनाने के ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे साथ हैं, हैं, हैं। जी है, जी, है, जी है। तो नीति की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ तो उनका आभारी हूं। आज उन्होंने प्लांटेशन का काम यहां संपन्न किया है पर्यावरण को बचाने के लिए दुनिया को संदेश है हमारे प्रधानमंत्री यशोधरा जी हमारे खेल मंत्री पूरी शिद्दत से तैयारी में लगी हुई हैं आप जानते हैं तेरह दिन नौ शहर सत्ताइस प्रतियोगिताए छह हजार से ज्यादा खिलाड़ी आज मध्य प्रदेश की राजधानी में होंगे हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इस मंत्र के साथ आनंद उत्साह और उत्सव का वातावरण खेलो इंडिया में अपनी प्रस्तुति देने आए सिंगर शान ने इंडिया यूथ गेम्स का एंथम गुनगुनाते हुए कहा कि मैं भले ही मुंबई से हूं लेकिन मेरा मध्य प्रदेश से दिल रिश्ता है मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश के दिल से जुड़ने का अलग ही मजा है मध्य प्रदेश ने हमें बहुत अपनापन दिया है वहीं सिंगर नीति मोहन ने कहा की मैं पूरे स्टेट का धन्यवाद करना चाहूंगी मुझे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के युवा उत्साह से खेलों के जरिए आगे बढ़ेंगे नीति मोहन ने आगे परफॉर्मेंस पर बात करते हुए कहा कि मुझे पर परफॉर्म करना है जिसके लिए मैंने बड़ी तैयारी की है बार मुझे ये बहुत ही बड़े ऑनर की बात है गर्व की बात है मैं सारे देश के युवा जो हमारी पीढ़ी है वो जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे मुझे लगता है हमारा देश और तंदुरुस्त बने जाता है Minister is doing the, the best. I just saw that the plantation, and uh, my favorite uh, place. This is because whenever I come to Kashi Raho and my guru, our gurus, Samadhi is there. See you. Uh, वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। हर आम और खास से चुरे मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण। हम करते हैं।